महंत जी बता रहे हैं यहाँ पे अगर किसी के घर में बच्ची हैं, बच्ची हैं, अगर बालक नहीं है तो आप यहाँ पे आएं और यहाँ पे क्रिया जो है वो महंत जी यहाँ के बताएंगे और आपको बालक अवश्य होगा ऐसा यहाँ पे दावा करते हैं महंत जी सभी को नमस्कार मेरा नाम है मनुछा आप देख रहे हो मनुखे ब्लॉग्स तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और हम अभी आ चुके हैं मेहोनी की माता और ये जिला भिंड में पड़ता है तो चलिए हम यहाँ की जानकारी संपूर्ण जानकारी यहाँ के महंत जो भी हैं उनसे हम आपको दिलाते हैं और अभी हम यहाँ पे जो मंदिर है मंदिर के बाहर परिसर में खड़े हुए हैं तो मंदिर कुछ इस तरीके का बना हुआ है तो आप लोग देख सकते हैं तो चलिए हम अंदर चलते हैं और यहाँ के जो महंत हैं उनसे यहाँ की पूरी जानकारी आपको दिलाते हैं तो महंत के पास हम आ चुके हैं और देख लीजिए यहाँ पे हम हैं तो चलिए हम आपकी सीधी मुलाकात करवाते हैं महंत जी से जी आप अपना नाम बताए हवी अच्छा।, अच्छा तो आप यहाँ कब से हैं दस साल हो गए अच्छा तो आप कहाँ के रहने वाले हैं यहाँ पास में गांव ग्राम रामपुरा अच्छा अच्छा तो पहला हमारे महाराज जी थे अच्छा अच्छा महाराज जी का जो निर्माण है पूरा अच्छा अच्छा श्री श्री एक खड़े श्री महाराज महामंडलेश्वर अच्छा अच्छा तो वो अभी नहीं है पथहर गाय अच्छा अच्छा तो कितना दाम हो गया उनको पधारे हुए अभी दो महीना भाई दो महीना अच्छा दो अच्छा तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे पुजारी जी आ चुके हैं जी आप अपना नाम बताएं प्रमोद कुमार अच्छा अच्छा तो आप यहां पे पूजा वगैरह करते हाँ, हो ठीक मैं यहां पर पूजा करता हूँ अच्छा अच्छा तो मंदिर का निर्माण कब हुआ था पुराना निर्माण सन संबद सत्रह सौ का है अच्छा और नव निर्माण हमारे महाराज जी के हाथों से हुआ है अच्छा अच्छा जो सन दो से मतलब शुरुआत की गई है अच्छा अच्छा और अभी भी काम चालू है अच्छा अच्छा तो आप कहाँ के रहने वाले हो हम यहाँ से पासी में एक गाँव है चिरावली अच्छा अच्छा वहाँ से रहने वाले अच्छा अच्छा तो चलिए हम आप लोगों को मंदिर के अंदर दिखाते हैं और वगैरह कराते हैं और हमारे साथ में यहाँ के मैन पुजारी हैं तो उनके साथ में यहाँ की जानकारी हम आपको देंगे और आप लोग वीडियो में बने रहें और हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं जैसे कि आप दर्शन कर पा रहे होंगे माता के तो चलिए महाराज जी बताएँ ये प्राचीन मंदिर है ये अच्छा, मेहनी नाम से प्रसिद्ध है अच्छा, अच्छा, माँ शीतला यहाँ विराजमान है साक्षात भगवान ने यहाँ इनकी प्रतिष्ठा की है अच्छा अच्छा और यहाँ सभी काम सभी के मनोकामना पूरी होती हैं अच्छा, अच्छा, जो भी सच्चे दिल से चाहे वो मिलता उनको तो महाराज जी हमने यहाँ पे सुना है कि यहाँ पे एक यह कुंड है तो उसकी क्या खासियत है उसकी ये है कि उसमें बहुत सालों से उसमें जल भरा है अमृत कुंड माना जाता है उसको उसमें उसका जल किसी भी बीमारी पर किसी भी समस्या कैसी भी समस्या हो कैसा भी बीमारी हो कैंसर वगैरह हो या मतलब कोई बीमारी उसका जल दबा रूप में विश्वास से लें तो मतलब संपूर्ण, संपूर्ण अच्छा हो जाता अच्छा। है अच्छा अच्छा जैसे कि हम आए थे तो शुरुआत में हमने देखा था तो महाराज यहाँ पर भगूति वगैरह दे रहे थे तो उसकी क्या खासियत है माँ ये माँ की चरणों की धूल है कुंड की कुंड वाली बचती हैं उनका जल और इनकी विभूति ये दोनों ही किसी भी बीमारी पर किसी भी समस्या पर सब पे मतलब काम करती है कृपा बनाए रखती है अच्छा अच्छा तो चलिए दोस्तों आप लोगों ने जैसे कि देख रखा होगा तो हम मंदिर की परिक्रमा भी कराते हैं और यहाँ की जो भी इंफॉर्मेशन है जानकारी है कहानी है इससे रिलेटेड वो हम सबको मतलब हम आपको बताएँगे तो चलिए चार से इसका निर्माड़, निर्माड़ हुआ है। अच्छा, अच्छा। हमारे महाराज जी के से। नया निर्माण। अच्छा जैसे कि आप सुन पा रहे होंगे यहाँ पे जो नया निर्माण है वो 2004 से हुआ है और हम अभी आपको मंदिर की परिक्रमा करा रहे हैं और हमारे साथ में महाराज हैं और यहाँ पे महान जी हैं और अभी हमारे साथ में पुजारी जी हैं और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे परिक्रमा पूरी हो चुकी है और आप यहाँ देखिए ये कुछ इस तरीके का मंदिर है काफ़ी सालों का मतलब पुराना मंदिर है 2004 से नया निर्माण है और यहाँ की जो भी जानकारी है और वो हम आपको देंगे तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा है तो चलिए यहाँ के जो मेन महान थे तो वो करीबन दो महीने पहले समाप्त हो ना चुके पधार चुके हैं तो चलिए हम उनकी फ़ोटो और उनके बारे में कुछ दिखाते हैं तो आप लोग बने रहें वीडियो में और वीडियो पूरा देखिए हमारे साथ अभी यहाँ के पुजारी जी हैं तो आप लोग वीडियो में बने रहें और ये रहे महाराज ये हमारे महाराज जी ये इनके बारे में आप कुछ बताएं ये हमारे महाराज जी हैं गुरु अच्छा। गुरु जी हैं अच्छा। इन्हीं के हाथ से यहाँ का नवनिर्माण है सन 2004 से और ये श्री श्री एक श्री महामंडलेश्वर रह चुके हैं जो अच्छा तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये अच्छा तो अब क्या यहाँ पे कौन से महाराज बनने वाले हैं जो कि मुख्य या उनकी समिति यहाँ लोगों कुछ, ने कुछ कुछ, कुछ समय समय बाद, बाद, मतलब भंडारे की सोच रहे हैं अभी तो लॉकडाउन चल रहा है अच्छा, लॉकडाउन खुलते ही यहाँ भंडारा कराएंगे महाराज जी का अच्छा, जिसमें श्री श्री एक सौ आठ श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज उनका उनके उनको मतलब गद्दी पर विराजमान करेंगे अच्छा उनको चुना गया है गद्दी के लिए अच्छा अच्छा तो वो महाराज जी यहाँ पे अभी उपस्थित अभी तो किसी काम से मतलब बाहर गए, गए हैं अच्छा अच्छा, बस यह अच्छा यहाँ सब वगैरह हैं अच्छा जी आप कुछ कहना चाहते हैं मंदिर की तरफ से जी हमारे महाराज जी हैं अच्छा अच्छा श्री श्री एक हजार आठ खड़े महाराज इन्हीं के हाथ से पूरा निर्माण हुआ है अच्छा अच्छा जो नया निर्माण जो यहाँ कराया पूरा उतार कुंड कुंड अच्छा वा, हाँ, अच्छा वाली मैया है हाँ, नीचे अच्छा उनके उनका जल महाराज जी के यहाँ बहुत ही अच्छा अच्छा जो दोनों को मिक्स करके कैसी भी बीमारी हो तकलीफ हो सब दूर हो जाती है अच्छा अच्छा ये यहाँ की विशेषता है ये यहाँ की विशेषता है अच्छा यही सब यहाँ कोई इनकम नहीं है सब ही का सब कराया हुआ है अच्छा अच्छा तो महाराज जी यहाँ पे जैसे कि हर मंदिर पर हर वर्ष में किसी न किसी कोई ना कोई नहीं, मतलब वो मेला वगैरह होता है या महत्व होता है में, में कुंवर की नौ में अच्छा, और सुमार का मेला लगता है अच्छा, अब भी बराबर सुमार का मेला चलता है अच्छा, अच्छा, और अच्छा, बड़ा मेला लगता है चैत की नौ में और कुंवर की नौ में अच्छा अच्छा जैसे माह में प्रति सोमवार को आठ दिन में लगता है अच्छा, अच्छा। प्रति सोमवार को अच्छा। और यहाँ पे जैसे कि कोई बाहर से लोग आ, आने के लिए मतलब इच्छुक हैं तो वो किस हिसाब से मतलब यहाँ की जो है वो कैसे आिरावली होता है अच्छा जिला भिंड जिला भिंड रावतपुरा सरकार के पास में अच्छा और इधर दबोए होता है चिरावली गाँव पड़ता है वहाँ मेन गेट बना हुआ है अच्छा तो रावतपुरा जो सरकार का मंदिर है वहाँ से तकरीबन कितने दूर छ किलोमीटर छ किलोमीटर छ किलोमीटर अच्छा, अच्छा, अच्छा साइड में अच्छा, नदी गाँव से मऊ तुम्हारे दबो और अच्छा, नदीगांव, खजरी रोड अच्छा, जिला बॉर्डर है यहाँ अच्छा यू पी एम बी का बॉर्डर है जी महाराज कुछ क्या महा जी की कृपा से यहाँ भंडारा भी चलता है और जिस सोमवार हर सोमवार को मेला लगता है चैत की नोद्रो में मेला लगता है कुंवर की नोद्र में मेला लगता है अन्नपूर्णा बहुत हिसाब हिसाब से उस सबसे मनाई जाती है हम लोग मनाते हैं और जब से यहाँ गुरु जी आए जब ही से यहाँ नया नया चाली है पर अभी भी कारीगर चलता रहता है भंडारा बरावर भंडारा बरावर चल जो यहाँ की पुरानी प्राचीन है उस सत्युग द्वापुर की त्रिता भगवान की खुद स्थापना कराई गई एक खुद ही भगवान जी करा गया यहाँ पर जी आपका अच्छा कहाँ के रहने वाले आप? महोनी से रहते हैं लगभग कितना टाइम हो गया होगा आपको हमको रहते? हो गया होगा 20 साल रहते रहते हैं तो तो सोमवार को यहाँ पे सोमवार कोई भी वक्त कहीं से भी आए हम उसके लिए भोजन व्यवस्था सभी की जाती है अच्छा अच्छा हाँ लेगी पैर लेगी नहाने की धोने की सभी व्यवस्था करते हैं हम लोग यहाँ पे रहते माता रानी चलाती है उन्हीं की कृपा से जो चल रहा है तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ की संपूर्ण जानकारी देते हुए तो चलिए हम यहाँ की जो प्रसिद्ध है यहाँ पे मतलब काफ़ी सुना हुआ है तो यहाँ पे ये कुंड है तो उसकी जानकारी यहाँ पे महाराज देंगे पुजारी जी तो चलिए हम पुजारी जी के साथ चलते हैं और उस कुंड की भी जानकारी लेते हैं क्योंकि काफ़ी सुना हुआ है यहाँ पर तो चलिए हम आप लोग वीडियो में बने रहें और तो महाराज जी हमारे साथ में हैं जो कि यहाँ के मैन पुजारी हैं और आप लोग वीडियो में बने रहें और देखते हैं यहाँ का कुंड जिसकी ज़्यादातर चर्चाएं हैं यहाँ पे तो देखिए ये है यहाँ का कुंड और यहाँ की संपूर्ण जानकारी यहाँ के पुजारी जी देंगे जी ये बहुत प्राचीन कुंड है अच्छा अच्छा इसी का मतलब जल किसी भी बीमारी पर दिया जाता है अच्छा अच्छा इसके अंदर बताते हैं मतलब कि इसके अंदर बहुत प्राचीन मूर्ति है अच्छा अच्छा तो लगभग इसकी गहराई कितनी होगी कम से कम 25-30 फुट के करीब अच्छा अच्छा तो इसकी लोगों को जानकारी कैसे लगी कि इससे मतलब दुख दर्द और काफ़ी आराम लोग जो यहाँ पर मरीज आए हैं अच्छा। कैंसर है वो तो उन लोगों का जल लेने से उनकी बीमारियाँ दूर हुई है। हैं अच्छा, अच्छा। बच्चों को वगैरह जैसे माता वगैरह निकल आती हैं तो इनके जल लगाने से ही आराम बहुत पड़ता है आराम बहुत पड़ता है तो चलिए हम लोग आपको दिखाते हैं तो थोड़ा हाँ जितना हो सकता है उतना हम आपको नीचे चल के दिखाते हैं तो चलिए है आप इसमें दिखा दो बीच बीच जो चार लगे हैं उसकी बीच बीच मैया है अच्छा अच्छा तो ये जो जल है वो कभी सूखता नहीं है। नहीं कभी नहीं इसकी सफाई भी करते हैं अच्छा अच्छा जैसे प्रसाद चढ़ते चढ़ते गंदा हो जाता है तो फिर इसकी सफाई करते हैं। अच्छा अच्छा। इंजन वगैरह रखे खर्चों के कभी खाली नहीं होता अच्छा तो जैसे की आप लोग देख पा रहे होंगे की इसकी यहाँ पे ये खासियत है की यहाँ पे काफी प्रयास किया गया है मतलब पानी निकालने की और तो ये निकालते हैं फिर से ये पानी फिर से आ जाता है तो यहाँ की यही खासियत है और ये जल लगाने से काफ़ी दुख दर्द और दूर हो जाते हैं मनोकामना पूर्ण होती है अच्छा अच्छा हाँ जो यहाँ श्रद्धा से आते हैं भक्त उनकी मनोकामना पूर्ण होती है अच्छा अच्छा ठीक है तो चलिए आप लोगों को और दिखाते हैं यहाँ पर मंदिर काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा बहुत मंदिर है तो अब अच्छा ये महाराज जी जैसे कि यहाँ पे ये कुंड है तो कुंड के ऊपर ये मंदिर बनाया जा रहा है जी, जा, ना, ये ना, मंदिर मंदिर महाराज जी ने मतलब एक लड़की ने यहाँ तो देवी जी की प्रतिष्ठा ऊपर करा रहे हैं मतलब ऊपर ही दर्शन आदमी करे ऊपर ही पूजा करे अच्छा अच्छा नीचे गंदगी न करें अच्छा, जल का दुरुपयोग न करे अच्छा इसलिए ऊपर ही उनको विराजमान किया जा रहा है क्यूँकी यहाँ का जल काफी अमूल है इसी कारण मतलब उसको गंदा न करे अच्छा अच्छा इसी कारण ये यहाँ अच्छा देखिए दोस्तों यहाँ पे मंदिर बनाया जाएगा और यहाँ पे कौन सी मतलब मूर्ति रखी कुंड वाली रखी अच्छा अच्छा हाँ। कुंड वाली मूर्ति जी आप कुछ कहना चाह रहे थे पांच साल गुरु महाराज को दर्शन दिए पाँच साल की लड़की ने कहा है अच्छा जो अनुशमन बच्ची थी जो महाराज थे उनको दर्शन दिए खड़े महाराज को अच्छा अच्छा गुरु महाराज को दर्शन दिए बच्ची ने अच्छा क्या हमारी पुनः मूर्ति बनवाईया अच्छा बीच मंदिर में माम कुंड में तो बीच में जो निर्माण चालू कर दिया अच्छा, अच्छा। खाली मूर्ति अभी बैठ नहीं पाई अच्छा। और महाराज जी पधार गए अच्छा अच्छा अब जो संत लोग सब फिर मूर्ति का पुनः प्रतिष्ठा कराएंगे, अच्छा अच्छा तो उन्हीं के कहने पे बनाया हुआ है ये मंदिर यहाँ अच्छा तो जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ का पूरा मंदिर और काफ़ी निर्माण भी चल रहा है इधर भी फीचर भी काफ़ी निर्माण चल रहा है और यहाँ की जो भी कहानी है मंदिर से रिलेटेड जैसे हर मंदिर की होती है तो वो हम आपको आगे दिखाएंगे और आप लोग इस वीडियो में बने जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये महाराज जी जो पधार चुके हैं दो महीने पहले तो उनका ये समाधि स्थल है और आप देख सकते हैं है। और हाँ अभी ये कार्य चल रहा है यहाँ पर तो जैसे कि हम अभी आ चुके हैं यहाँ पे भंडार का मतलब भंडारा होता है तो यहाँ के हाँ भंडारे के मुख्य हम लोग हैं उमादास जी, जी, जी परसोत्तम दास जी हरिदास जी मनोज दास जी, अच्छा, अच्छा, जी छोटन छवि राम दास जी अच्छा, अच्छा, और अच्छा, राकेश जी महाराज और प्रमोद पुजारी सभी संग हम लोग व्यवस्था अच्छा यहाँ की संभालते हैं अभी हजारों की तादाद में भंडारा चलता है सोमवार के दिन और सौ दो के आदमी के दो चार सौ प्रतिदिन लंगर चलता है अपना यहाँ पर अच्छा अच्छा बराबर लगभग खाने में क्या बनता है लगभग बनता है आलू की साग है अच्छा। तुरैया है लौकी है अच्छा, और पीताम्बरी है अच्छा, अच्छा। सोमवार के दिन पीताम्बरी बनती दाल भी बनती है फुलका बनता है चावल भी चिताते हम लोग हाँ व्यवस्था सभी मिलती है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और आप लोग वीडियो बने रहे भंडारा प्रतिदिन चलता है सोमवार के दिन ज्यादा तादाद चलता है अच्छा अच्छा भंडारा जैसे कोई भी बाहर का वक्त आया दिन में दो चार सौ आदमी आ जाए तो उनको भी भोजन मिलेगा सर अच्छा अच्छा। बंगालियों को व्यवस्था हम बनाते हैं पर। अच्छा तो ये मंदिर की बहुत बड़ी खासियत है क्योंकि यहाँ पे सभी लोग मिलके कितना पुण्य का और कितना अच्छा काम कर रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं गौशाला भी यहाँ पे गाय भी रखे हम लोग अच्छा, अच्छा। वो चाय पानी के नाश्ता में कोई बाहर से भागता जाए उसके लिए चाय के लिए खीर के लिए किसी के लिए चाह हो उसको दी जाती है हम लोग देते हैं व्यवस्था बनाते हैं यहाँ पर तो हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे आए मंदिर देखें और काफ़ी यहाँ पे भंडारा वगैरह और काफ़ी सुविधाएं हैं और अगर आपको कोई परेशानी है दुख तर्व है तो आप आ सकते हो यहाँ पे क्योंकि काफ़ी बीमारियों का भी इलाज होता है और रुकने की भी अच्छी व्यवस्था है और यहाँ के महंत जी से और चलते हैं और जानकारी लेते हैं तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और मंदिर की कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हम आपको दिखाने वाले हैं तो अभी हम आ चुके हैं मंदिर के ऊपर वाले पोर्शन में दूसरी मंजिल पर और ये है आस्था मंच और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया भव्य मंदिर बनाया देखा गया देखा देखा है देखा देखा देखा। और आप लोग वीडियो में बने रहें तो ये जो आस्था मंच है यहाँ पे भागवत वगैरह का कार्यक्रम रखा जाता है तो वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और आप लोग भी जो है आस्था मंच अच्छा अच्छा यहाँ कोई भी बरसात में प्रोग्राम हो अच्छा तो यहीं होते हैं सब अच्छा तो यहाँ पे भागवत वगैरह होती है कथा भागवत वगैरह ये आस्था मंच है क्या नहीं का आस्था मंच, मंच। अच्छा अच्छा शादी है किसी की शादी तो गरीब गरीब लड़कियों की अभी महाराज जी ने 11 लड़कियों की गरीब की शादी करी है अच्छा अच्छा यहाँ पे शादियाँ भी होती है अच्छा अच्छा वो समूह नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, जो तो गरीब बच्चियों की बेचारे अच्छा गरीब है गरीब अच्छा सब सामान देते हैं भोजन व्यवस्था करते हैं अच्छा अच्छा अब वो महाराज जी पदार गए तो हम लोग बंद करे अच्छा अच्छा तो देखिये आपको मतलब पूरा दिखाते है पूरा दिखाओ यहाँ का और कुछ इस तरीके का मंदिर बना हुआ है काफ़ी भव्य मंदिर है और निर्माण लगभग 2004 से ये नया है 2004 से नया है और चल ही रहा है जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये यहाँ का मंदिर है और उधर साइड वो क्या मंदिर अच्छा है अच्छा चलिए हम आपको और भी पूरा मंदिर घुमा के रहे दिखाते हैं है। है। है अच्छा अच्छा सब व्यवस्था है अच्छा अच्छा चलिए हम मठ की भी परिक्रमा करवाते हैं आप लोगों के और हमारे साथ सभी महंतगढ़ हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं यहाँ के जानकारी देने के लिए संत समाज और चलिए आप लोग वीडियो में बने रहें हम आपको ऊपर भी चल के दिखाते हैं देखिए यहाँ पे कुछ मंदिर हम आ चुके हैं ऊपर और आप देख पा रहे होंगे ये काफी ऊंची है और बाबा जी इसकी लगभग ऊंचाई कितनी होगी सवा दो तीन अच्छा, सौ फुटा तीन सौ फुट के 300 सौ है अच्छा, इसकी लगभग ऊंचाई है 3 जमीन से 300 सौ फुट ऊँचाई अच्छा अच्छा जब ये तो, निर्माण हुआ है जब इसे हमें सेवा में लगे हैं हम लोग बराबर रह रहे तलाई वलाई इसकी उठाई जब सभी से जब से ये निर्माण चालू हुआ जब इसे हम यहाँ साधु अच्छा। बराबर रहते हैं पर। अच्छा। जी। क्या कुछ ना सारे आप हम जब से यहाँ बचपन ही से साल है यहाँ महाराजी माँ की सेवा में रहते हैं आपका छवि रामदास त्यागी नाम है अच्छा आप रहने वाली कहाँ हम रहने वाले मग गए हैं तो यहाँ पे आप लगभग बीस साल करीबन हो गए बीस साल से अपना यहाँ पे सहयोग दे रहे हैं अच्छा तो जैसे कि आप सभी लोगों को इंतज़ार था यहाँ से जुड़ी हुई जो भी कहानी है या फिर यहाँ की जो भी गाथा है माता रानी की तो चलिए हम महान जी सभी लोग आ चुके हैं तो हम आपको उनके ही मुख से यहाँ की जानकारी और यहाँ की कहानी जो भी है वो हम आपको बताते हैं तो महाराज जी आपसे शुरू करेंगे जी रखिए और आप बताए मैं यहाँ का पुजारी प्रमोद कुमार द्विवेदी और मैं सुनता आ रहा हूँ कि ये जो कुंड है कुंड वाली माँ बजती हैं इनकी प्राचीन गाथा ये है कि यहाँ पर पहले मूर्ति थी मतलब देवी जी साक्षात यहाँ विराजमान थी तो गाय का दूध ये पीती थी तो जो गाय थी जो मुसलमान की थी एक तो मुसलमान ने जब देखा कि ये गाय मतलब दूध देवी जी को देता ये आके तो उसने आके यहाँ पर गाय को काट दिया तो तभी देवी जी ने मन में सोचा कि मेरे सामने जब यहाँ गाय कट सकती है तो उसी दिन से उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया और उसी कुंड में वो अपने को उनने अपने को समा दिया।, दिया अच्छा अच्छा जो आपने कुंड हाँ में दिखाया कुंड है, में हाँ, उसी कुंड में, माता, उसी कुंड जी में जी। माता जी उल्टी मतलब उनका चेहरा नहीं दिखता है चीठी पुछती उनकी अच्छा हाँ और राजा ब्रसंघ देव बताते चले रहे पुरखे लोग हमारे कि राजा ब्रशंघ देव अच्छा। जो यहाँ गद्दी थी उनने यहाँ हवन कराया था मनो का इक्यासी अच्छा। मन का समथिंग हवन कराया था अच्छा। और उसी के जल से ये प्रताप चला रहा कोई भी बीमारी हो कैसी भी मतलब तकलीफ हो किसी को अच्छा। या माता निकली हो तो उनका जल लगाने मात्र से अच्छा। या दबा के रूप में लेने से सभी बीमारियाँ दूर होती हैं ऐसा सुनते चले और एक यहाँ छप्पर वाले बचते थे अच्छा। उनका लड़का यहाँ ख़त्म हो गया था अच्छा। पहले रहते होंगे तो उन्होंने आके यहाँ देवी जी के सामने लेटा दिया अच्छा। तो यहाँ पर जो पहले जो भी पुजारी हों या महंत हों उनने कहा कुंड वाली मैया का इनका जल पिलाया जाए तो उनने जल पिलाया तो माँ की कृपा ऐसी हुई कि वो लड़का जीवित हो गया तो तभी से संबद सत्रह सौ में उनने यहाँ हल्का सा भवन बनवाया था माँ का माँ यानी पहले से यहाँ विराजमान थी साक्षात भगवान की प्रतिष्ठा है इनकी माना जाता उन्हीं ने यहाँ छोटा सा भवन बनवाया था उनका इसके बाद हमारे महाराज जी आए उन्नीस सौ करीब अंठानवे करीब महाराज जी आए और उनने यहाँ आके देखा जंगल में कि कोई यहाँ नहीं था कोई गुजारा नहीं रहता था तो ने अपना चल फिर के यहाँ पहले भागवत कराई इसके बाद निर्माण शुरू कराया और आज ये आपने देखा होगा ये निर्माण जो है सब उन्हीं के करके हम का आशीर्वाद है हम लोगों का और सन 2004 से चार निर्माण चला रहा है सभी मंदिर उन्हीं के हाथों के निर्माणित हैं अभी भी, चल ही अभी रहा भी, भी भन... हाँ निर्माण भी अभी भी चल रहा है हाँ। और यहाँ हजारों की तादाद में सोमवार के दिन भंडारा चलता है कोई भी श्रद्धालु कहीं से भी आए भूखा प्यासा रहने की व्यवस्था उसकी हर चीज़ की व्यवस्था कराई जाती है और डेली दस पचास लोगों का भोजन वैसे भी चलता रहता है सौ पचास को और यहाँ कोई आमंदनी भी नहीं है कि कोई ज़मीन हो या कोई इनकम हो सब लेकिन माँ की कृपा है यहाँ के बारे में और जानते हैं महाराज जी से हमारा नाम है श्री श्री हरिदास जी महाराज तो यहाँ जैसे पुजारी ने बताया है वैसा ही मैंने सुना है और हम लोगों का सभी संतों का जब से हमारे गुरु महाराज आए सभी आस पास के क्षेत्रवासियों से भिक्षा मांग मांग करके इस मंदिर को चेताया है तो तभी से भंडारा बराबर चल रहा है ऐसे ही सौ आदमी के प्रतिदिन भोजन हो जाते हैं सौ पचास कभी पचास के हो जाते कभी सौ के हो जाते हैं और सोमवार के दिन कोई पता नहीं कितने भोजन कर जाते हैं अच्छा, अच्छा। हाँ सोमवार के दिन प्रतिदिन भोजन चलता है अच्छा, अच्छा, तो और यहाँ आमदनी कुछ नहीं थी अच्छा। खंडर पड़ा हुआ था अच्छा, अच्छा। जब से महाराज जी अच्छा। आए तब से जो है महाराज जी आए तभी से तभी का चेता हुआ है अच्छा। और सब संतों को उन्हीं ने जो इकट्ठे किए तो आसपास के गाँव से भिक्षावृत्ति ले लेंगे अभी भी भिक्षावृत्ति कर रहे हैं अच्छा जी यहाँ तो अच्छा करके ही यहाँ ले आते हैं और कोई दूसरी आमदनी है नहीं अच्छा। तीन किलोमीटर के आसपास कोई गांव नहीं है अच्छा। और सब ले आते हैं अपने साल भर के लिए रख लेते हैं आसपास के गांव के भक्त लोग सब जुड़े हैं अच्छा तो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा महाराज जी यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ से मतलब इस मंदिर से जो भी संत लोग जुड़े हुए हैं तो वो ले वो लोग क्या करते हैं मतलब मांगने जाते हैं जैसे कि आपने देखा होगा गांव में तो वो लेके जी वो लोग यहां पे आते हैं और आके यहां पे उन्हीं का सब कुछ है उन्हीं से भंडारा वगैरह करवाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा और पुण्य का काम चल रहा है यहाँ पर तो आप लोग आएँ ज़्यादा से ज़्यादा और ये वीडियो और यहाँ का मंदिर ज़रूर देखें और कितनी अच्छी बात है तो चलिए और महाराज जी से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और वो क्या जानकारी देते हैं हमारा नाम श्री राम कुमार दास हमारा नाम श्री राम कुमार दास अच्छा। हम पहाड़गामव के रहने वाले हैं अच्छा। जी पुजारी जी जो बता रहे हैं वो अच्छा। ऐसे हमने सुना है अच्छा। वो सत्य है और भाई भी बता रहे हैं वो भी सत्य है अच्छा। जी तो और भी हमारे साथ महाराज जुड़े हुए हैं तो हम उनसे भी रूबा करवाते हैं आप लोगों को तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और वीडियो पूरा देखें तो चलिए महाराज आप क्या बताना चाहते हमारा नाम मोहम्मद कवाड़ी है अच्छा। महाराज जी से जब इससे महाराज जी आए जब से हम यहाँ पर गुरदिक्षा लिए हुए हैं और सहयोग में रहते हैं हम यहाँ पर बराबर रहे हैं अच्छा। निर्माण जैसे जब इसे महाराज ने किया है जब इसे देख रहे जो पुजारी जी बता रहे हैं वो वो सत्य है दो चार सौ आदमी के प्रतिदिन सौ दो सौ के तो भोजन हो ही जाते हैं कम से कम सौ के होना है और सोमवार के दिन हजार होना दो हज़ार चार हज़ार की कोई गिनती नहीं लंगर बराबर चलता रहता है और भिक्षावृत्ति गांव से लेके गांव से करते हैं हम लोग गाँव से आते हैं तो भिक्षावृत्ति करके यहाँ की गुजर बसर करते रहते हैं अपना लंगर चला रहे हैं आश्रम की निर्माण भी करा रहे हैं अपने जो भी सहयोग करता है तो बाहर के आप भक्त लोग आते हैं उनकी व्यवस्था की जाती है पहनने की ओढ़ने की नहाने धोने खाने पीने की उनको व्यवस्था हमें रखते हैं तो दर्शनीय लोग बाहर से कहीं से भी आए रात में आए तो हम लोग उनको व्यवस्था बनाते हैं खाने पीने की ऐसा अच्छा। करते हैं हाँ है अच्छा। जी क्या आशीर्वाद हैं इसमें जी देखिए महंत जी हैं यहाँ पर कितनी अच्छी जानकारी और कितना पुण्य का काम चल रहा है और आपने देखा होगा मंदिर काफ़ी अच्छा बना हुआ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँ और अंत में हमारे एक महाराज और हैं तो चलिए हम उनसे भी जानकारी लेते हैं और वो क्या बताते हैं यहाँ के बारे में जी हमारा नाम छवि रामदास त्यागी है हमारा नाम छवि रामदास त्यागी है हम यहाँ हमारे गुरु महाराज थे वे ख़त्म हो गए दो महीना पहले अब जो है हम सब जो है यहाँ सेवा में रहती हैं सब गुर मिलजुल के मंदिर चला रहे हैं और यहाँ माई हमारी माँ की कृपा है पूरी है। कैसा भी कैंसर हो अच्छा। हाँ कैसा भी कैंसर हो अगर हमारा कुंड का जल जिसने पी लिया उसका कैंसर खत्म अच्छा। ये यहाँ खास मान्यता है, खास है। अच्छा। हाँ जो भी मनुकामना लेके आती कोई वक्त कहीं से भी, आते माँ मा, मेरा मंदिर चला रही है अच्छा, अच्छा। तो बच्ची, बच्ची उसका बच्चा भी बच्चा भी। भी हो जाए। दावा है जी माँ का दावा है कि जिसकी बच्ची है बच्चा नहीं हो रहा है कह के जो है बच्चा, बच्चा। लगा जाए तो उसको मनुकामना पूरी होती है माँ चला रही है हमारा मंदिर जैसे भी चला रही जैसे हम सब गुर छेगा लगी रहती है देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बात निकल के आई है वो काफ़ी बड़ी है जैसे कि महंत जी बता रहे हैं यहाँ पे अगर किसी के घर में बच्ची बच्ची अगर बालक नहीं है तो आप यहाँ पे आएं और यहाँ पे अर्जी लगाएं और यहाँ पे भभूति वगैरह है जलपान यहाँ पे जो भी है वो महंत जी हाँ क्रिया जो है वो महंत जी यहाँ के बताएँगे और आपको बालक अवश्य होगा ऐसा यहाँ पे दावा, दावा करते हैं महान जी तो ये काफ़ी बड़ी बात है और आप लोग आए यहाँ पे तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और यहाँ से जुड़ी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू धन्यवाद